He will be tanked I don't believe that you are What's your name? My name is Annika. What is your name? Is kana Amika. Michael. Can you look at me? You just smile. Do you know? What color is my jacket? Your They are very jacket intelligent bro. Black. Oh, wow. What color is my hair? I tell you exactly, but I इनके आँखों में ना सेंसर्स और कैमरे लगे हुए हैं जिनसे की डिटेक्ट कर लेते हैं कैमरे लगे हुए हैं ना तो वो देख सकती है भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करिए रोबोट्स आज कल जापनीज बहुत ज़्यादा बना रहे